हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं प्रीति आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी पास्ता सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है हम इसे वीकेंड में या पंद्रह दिनों में एक बार बना के तो जरूर खाते हैं तो एक बार आप मेरी बनाई हुई इस रेसिपी को ट्राई करें सभी को बहुत पसंद आएगा आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में बना के दें बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है वह बहुत ही चाव से खाएँगे वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली सभी नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे और आप मेरे नए नए वीडियो को एंजॉय कर सके तो चलिए आज हम आज की मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल करेंगे तो मैंने यहाँ चार ग्राम पास्ता लिया है और यहाँ मैंने एक बड़े बर्तन में पानी को डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है तो आप देख सकते हैं कि पानी अब थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे उसके बाद हम इसमें एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ये मेकरोनी पास्ता भी डालेंगे और उसके बाद हम इसे एक कर्चे की मदद से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे या फिर हम पास्ता को तब तक कुक करेंगे जब तक ये 80 परसेंट कुक न हो जाए 80 परसेंट से हम ज़्यादा पास्ता को यहाँ कुक नहीं करेंगे वरना वो ओवर कुक हो जाएगी तो लगभग मैंने पास्ता को 5 मिनट के लिए देखिए बॉईल कर लिया है लेकिन अभी ये थोड़ी सी मुझे कच्ची लग रही है तो हम इसे थोड़ा सा और बॉयल करेंगे तो मैं इसे कुछ सेकेंड के लिए और बॉयल कर लेती हूँ कुछ सेकंड होने के बाद अब ये पास्ता हो चुकी है बिल्कुल रेडी तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो आप इसे किसी भी स्टैंडर पर या इस तरह का छलने वाला बर्तन में निकाल सकते हैं इसके नीचे मैंने एक बड़ा बर्तन लगा दिया है और अब हम ये पास्ता निकालकर इस बर्तन में डालेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए पास्ता को निकालने के बाद हम पास्ता को नॉर्मल पानी से दो से तीन बार अच्छे से वॉश कर लेंगे बाजार में पास्ता कितने टाइप्स के मिलते हैं आप यहाँ किसी भी तरह के पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में लोगों को खाना पसंद हो जब हम पास्ता को अच्छे से धो लेंगे उसके बाद हम इसमें दो चम्मच तेल डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल डालने से जो पास्ता है एक दूसरे में चिपकेगा नहीं और ये एक दूसरे से अलग रहेगा हमें बनाने में आसानी होगी पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ सब्जियों को कट कर लिया है और यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाही में तेल डालकर भी गर्म होने के लिए रख दिया है तो जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अदरक और लहसुन ऐड कर लेंगे तो सबसे पहले हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे लहसुन को डालने के बाद हम इसमें ये कटे हुए अदरक भी ऐड कर लेंगे तो अदरक और लहसुन को मैंने इस तरह से लंबे स्लाइसिस में कट किया है आप चाहे तो यहाँ अदरक लहसुन को क्रश करके भी डाल सकते हैं तो सब्जियों को हमें यहाँ ज़्यादा नहीं फ्राई करना है सभी को हम कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई करेंगे उसके बाद अब हम इसमें एक बारी कटा हुआ ये गाजर एड कर लेंगे तो आप यहां अपनी मनपसंद के किसी भी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके बच्चों को खाना पसंद हो और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे तो मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से क्यूब शेप में कट कर लिया है अगर आप वेजिटेबल्स को इस तरह से कट करेंगे तो आपकी सब्जियां झटपट कटकर रेडी हो जाती है आप चाहें तो किसी भी शेप में किसी भी साइज़ में सब्जियों को काट सकते हैं प्याज़ ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और शिमला मिर्च तो शिमला मिर्च को भी मैंने थोड़ा बड़ा ही शेप में काटा है थोड़ा मोटा ही काटा है आप देख सकते हैं जैसा कि और अब हम इन सब्जियों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप इस तरह से वेजिटेबल काटेंगे तो सब्जियां तुरंत कट के रेडी हो जाती है अक्सर जब हम मैक्रोनी नूडल्स वगैरह बनाते हैं तो हमें सब्जियों को कट करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है उसे बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बट उनका जो हमें प्रिपरेशन रहता है उसे करने में ही बहुत टाइम लगता है तो अगर आप इस तरह से सभी वेजिटेबल्स को कट करेंगे तो वह तुरंत कट जाती है और अब हम इसमें ऐड करेंगे बन्धगोभी और बन्धगोभी को ऐड करने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम कुछ सेकेंड के लिए भुनेंगे कुछ सेकेंड बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉस तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे सोया सॉस तो मैं यहाँ लगभग दो चम्मच सोया सॉस ऐड कर रही हूँ दो चम्मच ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे तो मैं यहाँ टोमेटो सॉस का इस्तेमाल सबसे लास्ट में करूँगी आप चाहे तो तीनों सॉस का इस्तेमाल एक ही बार में कर सकते हैं टोमेटो सॉस अगर हम इस समय ऐड करेंगे तो ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी थोड़ा सा चिपकने लगेगा तो मैं टोमेटो सॉस का इस्तेमाल बाद में करूँगी इसमें हम अब ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर तो ये ऑप्शनल है बाजार में जब हम पास्ता वगैरह खाते हैं तो उसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया हुआता है लेकिन मैं जब भी घर में बनाती हूँ तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालती हूँ उससे जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक नमक हमने पास्ता उबालने समय भी डाला था और सॉस में भी पास्ता होता है तो नमक का इस्तेमाल यहाँ आप थोड़ा कम ही करें और अब हम इन सभी को एक बार मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें दो टमाटर ऐड कर लेंगे तो टमाटर को भी मैंने थोड़ा मोटा ही कट किया है और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे तो इन्हें हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है सभी सब्जियों को सभी सब्जियों को हम कुछ सेकेंड के लिए ही भुनेंगे कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे कि वेजिटेबल में से अब पानी रिलीज होने लगी है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता मसाला तो मैं यहाँ दो तो पैकेट पास्ता मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे हम मिक्स कर लेंगे पूरे प्रोसेस में हमें गैस का फ्लेम फुल ही रखना है और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसे भी हम एक बार मिक्स कर लेंगे इन मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाला मैजिक तो ये ऑप्शनल है मैगी मसाला मैजिक आप सिर्फ चाहे तो पास्ता मसाला से भी बना सकते हैं पर इसे डालने से पास्ता का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और अब हम इस मसाले को भी वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो सॉस तो मैं यहाँ टोमेटो सॉस का इस्तेमाल सबसे लास्ट में कर रही हूँ पास्ता डालने से पहले टोमेटो सॉस का इस्तेमाल हम यहाँ थोड़ा सा कम ही करेंगे क्योंकि हमने दो टमाटर का भी इस्तेमाल किया है तो अगर हम ज़्यादा टोमेटो सॉस का इस्तेमाल करेंगे तो जब हम पास्ता खाएँगे तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा लगेगा तो सॉस को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पास्ता एड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पास्ता कितना बढ़िया दिख रहा है सभी पास्ता खिले खिले हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपकी नहीं है और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई भी हो चुकी है तो जब भी आप पास्ता बनाएं तो कोशिश करें कि वे ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाए तो जब भी आप पास्ता को बनाएं तो उबालने के बाद उसे अच्छे से धो लें और धोने के बाद आप उसे पंखे के नीचे रख दें ताकि उसका जो भी पानी हो मॉइस्चर हो वो अच्छे से सूख जाए मैं जब भी घर पर मैक्रोनी पास्ता चाउमिन वगैरह बनाती हूँ तो उसे मैं पहले अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ उसके बाद मैं उसे कुक करती हूँ उस तरह से अगर आप पकाएंगे तो जो फास्ट फूड का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है अक्सर जब हम बाज़ार में खाते हैं तो बाज़ार में उतने अच्छे से पास्ता फ्राई करके नहीं दी हुई होती है जिससे हमें खाने में थोड़ा सा कच्चापन लगता है हमें जो उबाला हुआ पास्ता रहता है उस तरह का टेस्ट आने लगता है और अब हम गैस का फ्लेम फुल ही रखेंगे और फुल फ्लेम पे ही हमें पास्ता को लगभग पाँच से छः मिनट के लिए पकाना है पाँच से छः मिनट बाद आप देखेंगे कि पास्ता बन बिल्कुल रेडी हो चुका है और पास्ता का जो कलर है देखिए वो कितना मज़ेदार दिख रहा है और सब्ज़ियों को मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा सॉफ़्ट किया है क्योंकि जो बच्चे वगैरह हैं ना घर में वो सब्ज़ियाँ अगर आपको खड़ी खड़ी रहेगी तो वो खाना उतना नहीं पसंद करते हैं अक्सर जब हम देखेंगे कि बाज़ार में बच्चे पास्ता या चाऊमिन वगैरह खाते हैं तो सब्जियों को वो निकाल के साइड कर देते हैं तो लीजिए मैक्रोनी पास्ता बन हमारा आज का रेडी हो चुका है और ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और अगर आप इस तरह से पास्ता बनाकर अपने बच्चों को देंगे तो वो कभी भी मना नहीं करेंगे उन्हें ये बहुत ही पसंद आएगा और सभी सब्जियां वे इस तरह से खा लेंगे तो लीजिए मेकरोनी पास्ता बनके हमारा रेडी हो चुका है तो आपको मेरी आज की ये मेकरोनी पास्ता की रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक में ज़रूर बताए और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर